दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो दो तो. नजर में खाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तो हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहीं हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तो.